नमस्कार दोस्तों तो तो मैं शिवम यादव दोस्तों आप सबके पीछे लाया हूँ छोटी सी कहानी जो कहानी है किसान की दोस्तों किसान था वो डेली अपने खेत जाता था और उसके खेत में एक चट्टान था तो वो डेली अपने खेत में जाता था तो चट्टान से डेली टकराता था गिर जाता था और लगती हुई चोट भी उसके लगती थी और जो सामान वगैरह लगता था वो भी कभी कभी टूट भी जाती थी तो हुआ क्या दोस्तों हमेशा भी तरह एक दिन आ गया और चट्टान से फिर टकराया और फिर गिर और स्कूल लग गया तो स्कूल फिर बहुत गुस्सा आया कि अब इस चट्टान को तोड़ेंगे बिना तोड़े चट्टान को छोड़ेंगे तो क्या किया तुरंत दौड़ के भाग ले अपने गाँव वालों को बुलाया तीन चार लोगों को उसके बाद उनसे कहा भी, भी जड़ तो से, से उखड़ गया जो चट्टान उखड़ गया तो सब लोग बुलाया था सब ठीक है एक आदमी बोला उसमें बोला क्या जिसको तो चट्टान समझ रहा है वो तो एक छोटा सा पत्ता है सब लोग नहीं लगे वहां पर तो उसको बड़ा शरण नहीं लगते मैंने कभी पहले और कोशिश किया होता तो इतना मुझे दिक्कत नहीं होता मुझे इतना लगता है तो दोस्तों में इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे बड़ी हो से कोई भागना मत उसको पत्थर समझ के हटा दो, मुसीबत तुम्हारे तो चट्टान है इतना बड़ा चट्टान है तो तो पत्थर बना दो उसको मुसीबत से भागते रहोगे तो फिर वो मुसीबत तुम्हारा पीछा छोड़ेगा तुम्हारे तो पीछे आता रहेगा कैसा तुम तो मुसीबत से भागना मत करो दोस्तों मुसीबत डर तो का सामना करो तभी तो लाइफ लागू और मुसीबत से भागते रहोगे हम तो चलते हैं बाय नमस्ते